कि हमारा नाम बागड़ बिल्ला हमारा नाम बागड़ बिल्ला हमारा नाम की जा बागड़ बिल्ला बागड़ बिल्ला तेरा नाम जवाब दिया हाँ मेरा नाम बागड़ बिल्ला है बहुत सुंदर भाई बागड़ बिल्ला तो तुम्हारे बाप भी होंगे कहने लगे हाँ बाप भी हैं तो बाप का नाम क्या है बाप का नाम पिता का नाम चाबी का छल्ला है पिता का नाम चाबी का छल्ला है पिता का नाम। का नाम चाबी छल्ला यही तेरे बाप का नाम है जवाब दिया हाँ सर खैर कोई बात नहीं एमए पास हो ना कहने लगे हाँ मैं तो एमए ए की है मैं कोई गमार तो नहीं हूँ जवाब दिया बाप भी है शादी हो गई कहने लगे हाँ शादी भी हो गई तो उस लड़की का नाम क्या है मेरी पत्नी का हा बीवी का नाम साड़ी का पल्ला पल्ला है का का नाम साड़ी का पल्ला है वाह भाई वाह भा, क्या साड़ी का पल्ला है बहुत सुंदर बच्चे भी होंगे कहने लगे हाँ सर बच्चे भी हैं तो बच्चों का नाम क्या है कहने लगा कि महाराज बच्चों का नाम कुतिया के बिल